आज दखल के इस कार्यक्रम में बहुत जबरदस्त टीम आई हुई है और निसंदेह रूप से सबने एक से एक बड़े या बात कही है बात जमाई है सार्थक कर दिया मैं आध्यात्म की पंक्तियों से शुरू करना चाहता हूं तेरे फोटो को ताक लेते हैं तेरे फोटो को ताक लेते हैं तेरी आंखों में झाक लेते हैं तेरे फोटो को ताक लेते हैं तेरी आंखों में झाक लेते हैं तेरे अधरों को चूम लेते हैं तेरी जन्नत में झूम लेते हैं तेरे अधरों को चूम लेते हैं तेरी जन्नत में झूम लेते हैं आइए कुछ इस तरह से बात करें शंकर दीक्षित ने बहुत बढ़िया एक बात कही थी उसको मैं कुछ इस तरह से कहना चाहता हूं कि इस होली कल्लू इस होली कल्लू नौकर के भाग कुछ ऐसे जागे कल्लू नौकर के हाँ इस होली कल्लू नौकर के भाग कुछ ऐसे जागे छे बच्चों वाली छमिया को साहब लेकर भाग इस होली तो गए गए। इस होली कल्लू नौकर के भाग कुछ ऐसे जागे छे बच्चों वाली छमिया को साहब लेकर भागे ओ बाई साहब की घुटी भांग ने कैसा रंग जमाया भाई साहब की बाई साहब की साहब की घुटी भांग ने कैसा रंग जमाया कल्लू को साहब घरवाली अपनी छमिया लाके कल्लू को साहब घरवाली अपनी छमिया रंग में तो ऐसा ही होता है आ, आ, कभी हमने भारत सरकार के कहने पर जब यहाँ एक राज्यपाल महिला हो गया आई थी तो उस समय आकाशवाणी ने कहा कि आपको एक हास्य का गीत प्रस्तुत करना है। एक तरफ लड़के बैठे होंगे एक तरफ लड़कियाँ बैठी होंगी लड़के के हाथ में पिचकारी होगी वो लड़कियाँ कुछ कह रही होंगी नहीं नहीं, नहीं। उसका एक छोटा सा अंश ओ गोरी हम डारेंगे रंग गोरी हम डारेंगे रंग हम डारेंगे रंग गोरी हम डारेंगे रंग ये लड़के कह रहे हैं अब चार लड़कियां कह रही हैं हम डारेंगे रंग गोरी हम डारेंगे रंग हम डारेंगे रंग गोरी हम डारेंगे रंग मौसम बड़ा खराब चल रहा हो जाएगी ठंड हम डारेंगे आज हमारी चलेगी मर्जी लड़के केरा आज हमारी चलेगी मर्जी वो कह रहे देखो हो जाएगी सर्दी आज हमारी चलेगी मर्जी देखो हो जाएगी सर्दी हम तुमको गोली हिला देंगे गोली खाकर हम बेकेंगे बिला बजे का डाउट कर दी बिलाजे का डाउट कर दी डाल लाएंगे भंग हम डरेंगे रंग गोरी हम डारेंगे एक होली का मजा है लेकिन होली का मजा अपने अपने तरीके से लोग बनाते हैं अब आपने आ, मुझे बूढ़ा ही बना दिया एकदम क्यों सबसे बुजुर्ग कभी भी हमारे बीच में बैठे निसंदेह रूप से बैठे तो है ये तो और ये भी सही बात है कि हंसी आप गुलबदन आप नूरी और मयूरी हैं हंसी आप गुलबदन आप नूरी और मयूरी है रंग रूप की छटा निराली हर दृष्टि से पूरी है और ये भी सच है ये भी सच है हम बूढ़े हैं आपकी भी मजबूरी है कामयाबी के लिए मोहतरमा तजुर्बा बहुत जरूरी है कामयाबी के लिए मोहतरमा तजुर्बा बहुत जरूरी है असल में क्या है कि ये तो मंच की वो कवित्री भी हैं, एंकर भी हैं, इसकी प्रधान संपादक भी हैं और बड़े बड़े दिग्गज लोग इनके सामने पानी भरते हैं जब ये साक्षात्कार लेते हैं हम तो छोटे से लोग हैं लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि बरसती बूंद में देखो बला की बुद्ध बुदाहट है बरसती बूंद में देखो बला की बुद्ध है चटकती चांदनी में भी चाहत की चुल है अभी कमसिन हो कोमल हो कयामत बाद में ढाना अभी कमसिन हो कोमल हो कयामत बाद में ढाना कली को कामनी बनने की कितनी कुल बुलाहट है कली को कामनी बनने की कितनी कुल बुलाहट है आजकल क्या है कि मुझसे कई बड़े बड़े पत्रकारों ने होली के ऊपर कुछ नए दोहे या कुछ इस तरह से लिखने को कहा और अभी पांच जान में छप भी रहा है लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से उनको उजागर कर बिल्कुल ताजे हैं इसलिए हो सकता है कि मैं मतलब कि एक दो जगह देख भी लूं लेकिन ताजे हैं तो लोग आपके ताजे बड़े करारे होते हैं <laughs> तो यहाँ ताजे और करारे दोनों का मेल तो फिर आप इस तरह से लेजिए छोटा बाबा बतारा बड़ा बाबा छोर का ना छोटा बाबा बता रहा बड़ा बाबा चोर हाँ छोटा बाबा बता रहा बड़ा बाबा चोर फिल्म बड़ी मशहूर थी फिल्म बड़ी मशहूर थी चोर मचाए चोर आज आजकल आपने देखे तो बाबा पहले से हमारे यहाँ है ही 2014 से और एक और आजकल बाबा बन गया इसलिए मैंने कहा की छोटा बाबा बता रहा बड़ा बाबा चोर फिल्म बड़ी मशहूर थी चोर मचाए शोर और भारत में है नेत्रिया भा, भारत, भारत में हैं नेत्रिया गिनती की कुल तीन आ, भा, आ, भा, अब शंकर दीक्षित ने पूछा था मुझसे कि गिनती की कुल तीन कौन मैंने क्या नेत्रिया अभी नेत्रिया की बात नहीं हो रही ना कवित्री की बात हो रही अभी तो नेत्रियों की बात हो रही है भारत में है नेत्रिया गिनती की कुल तीन उनमें दो संगीन है उनमें दो संगीन मगर एक रंगीन संगीन एक रंगीन हाँ। तो ये ये तो बताओ मैं क्यों बताऊ क्योंकि तो वो सीमा प्राणते हैं लगते हैं भाई हमारे हम क्यों कहें कि महबूबा है या ममता क्या क्यों कहें है क्यों मतलब बताइए बताइए बताइए और फिर एक रंगीन सबको मालूम कि उससे अच्छा कोई है राजनीति बार बार क्यों खेलवा रहे भाई सवाल ये सियार सियार फिर फिर से से तन तन रहे रहे शेर बने हैं दीन सियार सियार फिर से तन रहे, से तन रहे शेर बने हैं दीन जयचंद जाफर मानसिंह गिनती के थे ये जयफुर जाफर मानसिंह वो 370 क्या हटी इस हकीकत को भी केवल मीडिया के माध्यम से और इस ऐसे पवित्र मंच के माध्यम से जो काट छाट नहीं करता सीधे सीधे दिखाता है ये व्यंग का मजा लेना आप कि 370 क्या हटी 370 क्या हटी रोए बेटा बाप 370 क्या हटी रोए बेटा बाप ओ, खुद के कपड़े फाड़कर खुद के कपड़े, कपड़े? कपड़े फाड़कर खाला करे प्रणाम खाला <नाएग> करे प्रणाम और एक और व्यंग का मजा लीजिए कि मंदिर के निर्माण में मंदिर के निर्माण में मलाई दूसरे खाए मंदिर के निर्माण में मलाई दूसरे खाए हम दोनों भाई बहन हम दोनों भाई बहन केवल घंटा हिलाए हम दोनों भाई बहन केवल घंटा बजाए पद लोलुप्ता सबसे आगे समाजवादी गुलफाम पद लोलुप्ता सबसे आगे समाजवादी गुलफाम और बिना ब्रेक की जुबान है कौन खेचे लगाम बिना ब्रेक की जुबान है कौन खेचे लगा कौन खेचे लगाम एक और बात की वे भी हमको आजकल देती है चेलें हमको आजकल ये बहुत बड़ी बात है साहब इसलिए बताना भी पड़ेगा ये तो बताना ही पड़ेगा कि जैसे ही यूपी के चुनाव आए तो यूपी के चुनाव में एक बहुत तेजी से एक महिला उभरी और उसने जो कुछ करना था तो एक जागरूक पत्रकार ने हमारे उपाध्याय जी से जैसे जागरूक पत्रकार ने योगी जी से पूछा कि अब तो वो महिला भी आ गई है अब अब आपका क्या कहना है क्योंकि विधानसभा चुनाव और बहुत तेजी से बढ़कर आई है तो उनका भोपाल का वो कवि ने कह दिया है आ, उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं कहना और ये के के वो चले गए अब वो बेचारा पत्रकार बड़ा परेशान हो गया मोन है यार भोपाल का कवि रात के तीन बजे उस पत्रकार ने मुझे फोन किया कि दादा आप ही ने कुछ कहा होगा कुछ कह जाए क्या आप इधर हा कह तो गए थे क्या किए गए थे तो मैंने मैंने तो सिर्फ इतना सा कहा था कि वे भी हमको आजकल वे भी हमको आजकल देती हैं चैलेंज वे भी हमको आजकल देती हैं चैलेंज मोबाइल में जिनके नहीं बचा बैलेंस <laughs> मोबाइल में जिनके मुद्दा बिहन पार्टी मोबाइल में जिनके नहीं नहीं बचा बैलेंस और एक दो यूनिवर्सिटी हजार हैं तीन मगर बिकराल क्या क्या हो जाता है कभी कभी यूनिवर्सिटी हजार हजारे तीन मगर बिकराल पैदा होते जहां पर हरे जहरीले लाल तो एक पत्रकार ने कहा नहीं आपने दो रंग का तो जिक्र कर दिया हरे और लाल का हम भी समझ गए कि आपका इशारा सिम टाइप की स्टूडेंट यूनियन हो सकती है लाल का मतलब हो सकता नेक्स्ट स्लाइड मगर ये जहरीला क्या होता है ये तो हमने रंग नहीं देखा और ऐसा करके मेरे मेरे इस शेर को मेरे इस दोहे को ही सुधार गया मैं कह सुन, सुन वो तो सुधार ही गया सब जेरी हटा के क्या लिख गया वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी हजार, हजार हैं तीन मगर बकराल यूनिवर्सिटी हजार हैं तीन मगर बिकराल पैदा होते जहां पर हरे भगुआ लाल भगुआ लेके ना विद्यार्थी परिषद भी तो होती है कहां जोड़ा उसने से एक एक बोतल में एक फ्री अब इसको कैसे छोड़ दें अपन गालिब साहब का राज चल रहा है इस समय एक बोतल में एक फ्री, फ्री। गालिब साहब का राज और फोकट ये सब खुश हुए दिल्ली में सरताजाग जब केजरीवाल पे कहते हैं कि तो गलत नहीं कहते आरोप लगाते हैं तो गलत नहीं आरोप लगाते इसलिए मैंने कह दिया वरना बेचारे वो बंद पड़े हुए अपने शिक्षा मंत्री शिक्षा के शिक्षा के संग आपकारी यही एक संताप सुबह सुबह तो पुण्य मिले रात में पापी पाप रात में पापी पाप बना रहे मजबूत बांध लोग कहते सब सबकी बात कर रहे आप मोदी जी के लिए भी तो कुछ कहिए देखिए वो विकास की कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं मैंने कहा हाँ हाँ इसमें तो कोई शक नहीं तो कहना है अब होली पे होली पे तो कुछ कह दीजिए तो फिर हमने कहा बना रहे बना रहे मजबूत बांध लहराएंगे खेत बना रहे मजबूत बांध लहराएंगे खेत और एक तगारी सीमेंट में बीस तघारी रेत एक तगारी सीमेंट में बीस तगारी रेत और जनता जिसकी माई बाप तब तक उसमें प्राण रूठ गई तो समझिए पहुंच गए शमशान रूठ गई तो समझिए पहुंच गए शमशान मैं तो विकास की बात करता हूं और नीरज जी को एक बार मैं मंच का संचालन करते हुए इन पंक्तियों से मैंने बुला लिया और नीरज जी ने कहा ये क्या करता है यार और मैंने सिर्फ इतना सा कहा अस्ता क्या अस्ताचल की ओर प्रस्थान करते हुए महाकवि से हमने पूछा गुरु आपने अपने जमाने में कितनी प्रेमिकाएं बनाई अस्ताचल की ओर प्रस्थान करते हुए महाकवि से हमने पूछा गुरु आपने अपने जमाने में कितनी प्रेमिकाएं बनाई प्रश्न सुनते ही गुरु आग बबूला हो गए बोले धूम के धूमकेतु तुम्हारे इस प्रश्न से लगता है तुम्हारी अक्ल बहुत मोटी बहुत भारी है तुम्हारी अकल बहुत मोटी बहुत भारी है भाई ये विकास कार्य आज भी जारी है तो नीरज जी के इर्द गिर्द सबसे ज्यादा जो है सिग्नेचर उनके दस्तखत उनके हस्ताक्षर लेने के लिए महिलाएं पहुंचती थी तो इसलिए वो मैंने बात कही आइए कुछ मैं इस सदस्य भी बात करना चाहता हूँ हमने महिला वर्ष की बात करी है तो मैं एक तो कहता हूं कि आपने जो मंशी का संचालन किया मुझे बहुत अच्छा लगा क्या बात? हाँ उसका उसका कारण यह है कि इसलिए कभी मैंने कहा भी है ये वाली बात कि ये जो चहके तो गुलफिशानी है फूल खिलने को कहते हैं गुलफिशानी ये जो चहके तो गुलफिशानी है ये जो मेहके तो रातरानी है. है, तो है ये जो चहके तो गुलफिशानी है ये जो महके तो रात रानी है ये जो बहके तो हसीन गुना आज तो तो तारीख है आज और आज अगर हमने महिला की बात नहीं की तो ये मंच एक तरह से अधूरा रह जाएगा मैं अपने जीवन की एक ऐसी रचना सुनाता हूँ जिस पर मेरी किताब भी है अभी तक मेरी छह किताबें आई हैं तो आइए यहां से बात शुरू करता हूं पुरानी जरूर है और 25 साल के बाद मैं सुना रहा हूं क्योंकि आज आपने कहा तो मेरा मन हो रहा है कि सुना दूं अगर कहीं भूल भाल भी जाऊं तो अलग बात है लेकिन कोशिश करता हूं लड़कियों के कॉलेज में कवि सम्मेलन हमारे ना जाने कौन से पूर्व जन्म के पुण्य जो हमें बुलाया गया लड़कियों के कॉलेज में कभी सम्मेलन हमारे दादाने कौन से पूर्व जन्म के पुण्य जो हमें बुलाया गया जैसे जैसे कालेज नजदीक आता था, था हमारा दिल बुलेट एक्सप्रेस की तरह 200 किलोमीटर की रफ्तार से पटरियां छोड़ छोड़ कर उसोड़ जाता था हम उनके मुख्य द्वार में बजरंग की जे के उस घोष के साथ अंदर घुसे लड़कियों का महासमुद्र देखकर जिस प्रकार इमरजेंसी माई के सामने चौवे पंजे छक्के फ्लेट हो जाते थे उसी प्रकार से गिर पड़े मक्खन जींद चंपा जी चहकी गुल बदन चमेली जी चुलबलाई ताराबाई सेन्डो की डुप्लीकेट कापी कु ने कंधा मारा और मैडम रात रानी के मखमली आगोश में हमने होश संभाला वहां में धक्के दे रही थी और हम उनकी गोद में चिपके जा रहे थे ऐसे चालीस साल पुरानी रचना है वो हमें धक्के दे रही थी और हम उनकी गोद में चिपके जा रहे थे ऐसे चालीस साल के बेवाहिक जीवन में दो बार तलाक दे देने के बाद भी कांग्रेस कुर्सी से चिपकना चाहती है जैसे, जैसे हमें उनकी गोद में मीठे मीठे सपना व्यक्त का मजा लेना हमें उनकी गोद में मीठे मीठे स्वप्न आ रहे थे और एक स्वप्न तो आज तक याद है जिसमें जनता सतकस का शेर और इमरजेंसी माई एक पलेट में हिंदुस्तान को रखकर हलवे की तरह खा रहे थे एक चरण सिंह और इंदिरा गांधी एक पलेट में हिंदुस्तान को रखकर खा रहे थे आगे देख लड़की ने हमारे पैरों को पकड़ा तीन चार ने जोर फड़ से जकड़ा हमने पैर फड़फड़ाए हाथ पेड़ फड़फड़ा है उसके इस से शर्म के मारे जमीन में गड़ गया मुझे लगा जैसे जनता पार्टी का भारी बहुमत बेचारी एक अखिल भारतीय संस्था के ऊपर चढ़ गया लड़कियों और मेरे बीच होने लगी थी खिचाई दोनों ओर से मैदान जीतने की मैंने सारी को छोड़ आधुनिक कृष्ण बाल ब्रह्मचारी श्री अटल बिहारी श्री अटल वाजपेयी जी को याद करते हुए कहा प्रभु वाजपेयी जी द्वापुर में आपने कृष्ण बनकर द्रौपदी की लाज बचाई कलयुग में अपने द्रोवता को बचाओ कलयुग में आते अपने को बचाओ लड़कियां बोली अब ज्यादा आंख मटकाओ मैंने कहा प्रभु वाजपेयी जी मेरी रक्षा करो लड़कियां बोली अभी वो स्वयं अपनी रक्षा करने में व्यस्त है उन पर भरोसा मत फिर एक लड़की बोली बोल क्या सुनाएगा मैंने कहा आप मेरे स्वाभिमान से खेल रही हैं ये बंबई का चकल्ल छोड़ी ये बंबई की चकल्लत छोड़ी जहां पहले कविता सुनाये जूरी से जचवाए उन्होंने कहा यहाँ तो ऐसे यह ही चलेगा और वही जमेगा जो श्रृंगार पड़ेगा मैं ठीक है एक नवगीत सुने कि पूनम की रात संध्या के साथ झील केनो के बाण के प्यासे अधर भोए कमान उबरे उर्ख कपोल नागिन से मिश्री से बोल सावन के झूले संध्या के कूले जिन्हें आज तक नहीं भूले जिन्हें आज तक नहीं भूले सरगम और चेहरा शबाप शराब और सुराई लड़की चिल्लाई अरे सत्यवादी हरिचंद्र की औलाद तुझे हम पर नग्न कविताएं सुनाने में शर्म नहीं आई क्या बात? बोल कौन सी कविता सुनाएगा मैनका एक नवगीत सुने कि पूनम की रात संध्या के साथ झील के पार करते बिहार दूधिया चितवन नैनो के वाण प्यासे अधर भोये कमान उभरे रोज सुर्ख कपोर नागिन से झूठते मिश्री से झोल सावन के झूले संध्या के कूले जिन्हें आज तक नहीं भूले जिन्हें आज तक नहीं भूले सरगम वो थाप चेहरा शबाप शराब वो सुराई लड़की चिल्लाई अरे सत्यवादी हरिश्चंद्र की ओर की औलाद तुझे हम पर नग्न कविता सुनाने में शर्म नहीं आई अरे हम होंगे किसी की माँ किसी की बहू किसी की बहन हम होंगे किसी की मां किसी की बहन किसी की बहन अनाथिकाल से तुम पुरुषों के अन्याय को करते रहे, रहे बदनाम स्वार्थ की मेली चादर पर सुख सुविधाओं की कालीन बिछा रक्त पिपास काम हमारी कोप से जन्म लेने के बाद फरामोश हमें समस्या जिंदा लाश चांदी के चंद टुकड़ो पर खरीद रहे हो गरीबों के पेटों की आग बेसहारा मजबूर अविकसित झुग्गी झोपड़ियों की बेटियों पर कर रहे हो हाथ कभी सम्मेलन में इसी प्रकार का घोर दिगम्बरी श्रृंगार पड़ेगा तो साहित्य के कौर समाज की सेवा क्या इसी प्रकार से करेगा क्या क्या तुम सी? क्या तुम तो सीता मरियम का त्याग पन्ना हाड़ी का स्वाग पदमनी का जोहर मीरा का उत्सर्ग चांद बीवी रोशन आरा दुर्गापति की बहादुरी महादेवी का काब अहिल्या का न्याय सुभद्रा कुमारी चौहान की शत्रुओं का हुंकार लेकिन अफसोस तुम्हें सोचता है सुरक्षुराई नायिका की कमर और भूडा श्रृंगार अतीस से अतीश से करते हो घृणा ऐतिहासिक कविताएं सुनाने में शर्माते हो श्रंगार दलदली जमीन पर कवि सम्मेलन के फुसफुसे महल को उठाते हो आखिर नाटक नोटंकी कब तक चलेगा और जिस राष्ट्र का वर्तमान सुरासुराय की बेसाखियों पर खड़ा हो उस राष्ट्र का भविष्य का खाक बनेगा अरे मेरे देश को बचाओ मेरे साहित्य को बचाओ मेरी ललनाओं के